बिग बॉस सोलह के टॉप छः में अपनी जगह बना चुके शालीन भनोट भले आज भी अपने लिए प्यार तलाश रहे हो लेकिन उनकी एक्स वाइफ ने अपना जीवन साथी चुन लिया है अब आप दलजीत कौर के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन क्या ये जानते हैं कि उनके पति कौन हैं आइए बताते हैं टीवी की दुनिया का जाना माना चेहरा दलजीत कौर इन दिनों खबरों में है जहां उनके एक्स हसबेंड बिग बॉस 16 की कैद में है वहीं वह अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रही है आइए मिलवाते हैं आपको जेडन के नए पापा से दलजीत कौर यूके में रहने वाले निखिल पटेल से शादी करने वाली हैं, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर निखिल के साथ अपना रिश्ता पब्लिक किया है और बताया है कि अब वह नए शहर में नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है निखिल पटेल यूके में रहते हैं लेकिन मौजूदा समय में केन्या के नैरोबी में काम कर रहे हैं जहां वह दलजीत के साथ कुछ सालों तक साथ रहेंगे निखिल ब्रांड बनाने वाली एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं साथ ही एक मेंटोर और इन्वेस्टर के रूप में भी काम करते हैं दलजीत ने बताया है कि वह लंदन चली जाएंगी जहां पर निखिल का जन्म और पालन पोषण हुआ था निखिल की दो बेटियाँ हैं तेरह साल की एरियाना और आठ साल की अनिका वह कुल पापा की बेटियाँ हैं वह उनका खासा ख्याल रखते हैं निखिल ने अपने मोटापे के दिनों से तस्वीरें साझा की थी और 2019 में तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया था बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए दलजीत ने बताया कि छोटी बेटी माँ के साथ रहती है और बड़ी निखिल के साथ रहती है यह उनका अपने बच्चों के लिए प्यार ही था जिसने उनके बीच एक बंधन बनाया निखिल का सोशल मीडिया प्रोफाइल उनकी और उनकी लड़कियों की तस्वीरों से भरा पड़ा है दलजीत की निखिल उर्फ निक से पिछले साल दुबई में एक दोस्त की पार्टी में मुलाकात हुई थी जब दलजीत ने उस दौरान निखिल के पैर की उंगलियों पर नीली नेल पॉलिश देखी तो निक ने बताया कि वह दो बेटियों के पिता है इसी के बाद से इनकी बातें शुरू हुई और प्यार हो गया दलजीत कौर और शालीन भनोट ने साल 2009 में शादी की थी और 2015 में तलाक ले लिया था इनका एक बेटा है जिसका नाम जेडन है और वह एक्ट्रेस के साथ ही रहता है दलजीत कौर ने पहले शालीन भनोट से शादी की थी लेकिन बाद में इनका तलाक हो गया था अब इन्होंने निखिल पटेल से शादी की है जिनकी दो बेटियां हैं अब ये बेटे के साथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएंगी और फिर बाद में यूके में अपनी दुनिया बसा लेंगी